हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी लोग मैं अब मिनसरा एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ शाम के साढ़े सात बजे एक नए वीडियो के साथ आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की जो जब भी आपके सामने आते हैं मतलब जब भी YouTube पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं वो वीडियो पूरा मोटिवेशन से भरपूर होता है आज के वीडियो में आप भी अगर ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप भी आज हो जाएंगे पूरा मोटिवेशन से भरपूर क्योंकि हम भी आज आपको ऐसे ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं विवेक विंद्रा जी के बारे में जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होंगी ना तो आप कभी जाने होंगे बहुत से सारे लोग उनके बारे में जानने के इच्छुक रहते हैं मैं आपको आज सारी जानकारी देता हूँ डॉक्टर विवेक विंद्रा के बारे में बस आपसे इतनी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप भी मोटिवेशन से पूरा भर जाएं। वैसे किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है विवेक बिंद्रा परंतु फिर भी लोगों को इनके जीवन के बारे में बहुत कम पता है लोग इन्हें सिर्फ विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच और एक सफल यूट्यूबर के तौर पर ही जानते हैं विवेक बिंद्रा आज भारत में लगभग हर बड़ी कंपनी में अपनी ट्रेनिंग दे चुके हैं तथा वहाँ के लोगों को मोटिवेट कर चुके हैं आज भारत की बड़ी से बड़ी कंपनियाँ इनके साथ काम करती हैं और यहाँ उन कंपनियों को ट्रेनिंग देकर बिज़नेस के नए नए तरीके बताते हैं विवेक बिंद्रा जी इन्हें कई सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है अगर किसी डूबते हुए बिज़नेस को बहुत ऊँचाइयों पर पहुँचाना है तो विवेक बिंद्रा से आप भी ट्रेनिंग लेकर अपने बिजनेस को नई ऊंचाई और विवेक बिंद्रा के वीडियो आज भारत में ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में लाखों करोड़ों की संख्या में देखे जाते हैं लोग इनके बिजनेस करने की न्यू आइडिया को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके बड़ी तेजी के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं वे विवेक बिंद्रा के आज सोशल मीडिया पर लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में फ़ैन हैं इन्होंने ये सब कुछ अपने टैलेंट के दम पर किया है आज लोग इनको सुनना पसंद करते हैं इनके द्वारा बताए गए ट्रिक्स को अपने बिज़नेस में अप्लाई करना चाहते हैं और हमेशा किसी भी बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के तरीके बड़े आसानी के साथ बताते हैं इनको यूट्यूब चैनल पर इनके अनेक ऐसे वीडियो हैं जो आपको आपके बिज़नेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने में मदद करते हैं अगर आप विवेक बिंद्रा सर के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और इनका बचपन कैसा रहा कैसा बीता तो आज का वीडियो खास आपके लिए बनाया गया है विवेक विंद्रा गजन पांच अप्रैल उन्नीस को दिल्ली में हुआ था जब यह मात्र तीन साल के थे तब इनके पिताजी का देहांत हो गया था उसके बाद इनकी माताजी ने दूसरी शादी कर ली जिसके बाद विवेक बिंद्रा बिल्कुल अकेले हो गए थे उन्हें संघर्ष भी काफ़ी ज़्यादा करना पड़ा इन्होंने अपना बचपन अपने चाचा के यहाँ काफ़ी समय तक गुजारा और उसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा संजीवियर स्कूल दिल्ली से नॉर्मल बच्चों के तरीके से की उसके बाद इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई जॉक्सवियर कॉलेज नई दिल्ली से उन्नीस से दो में बी की डिग्री प्राप्त की इसके बाद इन्होंने एम की पढ़ाई के लिए नोएडा में स्थित अमिछी बिजनेस कॉलेज दो हजार एक से, से दो हजार थे विवेक बिंद्रा वर्तमान समय में नई दिल्ली में रहते हैं इनका आवास यहीं पर बना हुआ है विवेक बिंद्रा के जीवन में अब तक कोई ऐसा बदलाव नहीं आया था जिससे अपना नाम कमाया पर ऐसा वक्त आया जब उनके परंतु तो एक ऐसा वक्त आया जब इनके जीवन इनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया वो दिन था 10 जनवरी 2004। जी हाँ यही वो दिन था जिस दिन विवेक बिंद्रा का जीवन में विवेक बिंद्रा जी के जीवन में यू टर्निंग पॉइंट्स आया था बे, जब जब विवेक बिंद्रा को भगवत गीता का अध्ययन करने का मौका मिला उस समय ये एम की पढ़ाई कर रहे थे उसी समय यहाँ ये वृंदावन चले गए और वहाँ पर चार साल तक सन्यासी के तरीके से अपना जीवन यापन किया भगवत गीता का अध्ययन किया उस समय विवेक बिंद्रा धोती कुर्ते में और सर को मुंडवा कर रहा करते थे मंदिर में सेवा किए हैं मंदिर में झाड़ू पोछा तक लगाई है उबली सब्जी का खाना खाया है ज़मीन पर सोया है ऐसा जीवन यापन इन्होंने वहाँ पर व्यतीत किया है जिसके बाद इन्होंने भगवदगीता और भी बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया उन्हें अपने जीवन में उतारा अपनी ज़िंदगी में बदलाव के तौर पर उनको उतारा इसके बाद ही वहाँ के गुरुजी ने विवेक बिंद्रा जी को जो है विवेक बिंद्रा जी के गुरुजी ने फिर कहा कि आपने एम की पढ़ाई की है और साथ ही साथ भगवदगीता का आप अपने अध्ययन भी कर लिया है तो आप भगवद गीता को गीता को बिजनेस के साथ जोड़कर लोगों की आप मदद करना शुरू करो जिसके बाद विवेक बिंद्रा के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ और इसी को कहा जाता है टर्निंग पॉइंट विवेक बिंद्रा जी का क्योंकि इसी समय से विवेक बिंद्रा ने अपने गुरु जी की बात मानी और भगवत गीता को बिजनेस के साथ जोड़कर लोगों की मदद करना शुरू कर दिया था शुरुआत में विवेक बिंद्रा ने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को इंग्लिश में किया और ज़्यादातर विदेशों में ही अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को दिया करते थे परंतु बाद में उन्होंने देखा कि हमारे देश के लिए अगर हमें कुछ करना है हमारे देश को भी आगे बढ़ाना है तो हमें हिंदी में लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम देना पड़ेगा तब तो इन्होंने हिंदी में अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दिया इससे भारत के नए बिजनेस काफ़ी तेजी से ग्रो करने लगे और उनकी मदद होने लगी आज भारत में जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जिनको आप कही कहीं ना कहीं आजकल देखते हो सुनते हो ये सारे ये सारे विवेक बिंद्रा सर के क्लाइंट्स हैं जो इनके साथ ट्रेनिंग लेते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं विवेक बिंद्रा का सबसे पहला सबसे बड़ा क्लाइंट मारुति कंपनी का मिला था जिसमें इन्होंने मारुति कंपनी में काम कर रहे वर्कर्स और यूनियन के बीच हो रहे झगड़े को मिटाने के लिए ट्रेनिंग देनी थी उस समय वर्ष 2011 से 12 में मारुति कंपनी का ट्रेनिंग पर बजट करोड़ों में जाता था और 50 से 60 ट्रेनिंग कंपनियाँ मारुति को ट्रेनिंग दिया करती थी इसमें विवेक बिंद्रा ने भी भाग लिया और वर्कर्स और यूनियन में हो रहे झगड़ों को समाप्त किया और पहली बार उन्होंने मारुति कंपनी में पहले नंबर पे अपनी रैंक हासिल की और उसके बाद से आज तक विवेक बिंद्रा को मारुति कंपनी के द्वारा बेस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेट अवार्ड के खिताब से नवाजा जाता है इसके बाद विवेक बिंद्रा ने भारत में कई जगह अपनी ट्रेनिंग दी तथा विश्व में भी अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से एक नई मिसाल कायम की इन सारी कामयाबी के पीछे विवेक बिंद्रा जी भगवत गीता को ही मानते हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता को बिजनेस के साथ जोड़कर लोगों के सामने पेश किया विवेक बिंद्रा ने इसके बाद कई सारे प्रोग्राम किए जिसके माध्यम से लोगों को बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए ट्रेनिंग देने का काम किया है जिसमें बाउंस बैक सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ और लीडरशिप फाइनल में प्रोग्राम उन्होंने किए हैं बाउंस बैक इनके एक व्यक्ति के रेट बाउंस बैक का जो इनका सो चलता है उसमें एक व्यक्ति के रेट चार से पाँच हज़ार रुपए थी जिसमें कोई भी व्यक्ति जाकर ट्रेनिंग ले सकता था इसके अलावा लीडरशिप फैनल में व्यक्ति को ट्रेनिंग के लिए डेढ़ लाख के आसपास देना पड़ता था इस कारण इन्होंने इस प्रोग्राम को भी बंद कर दिया और अभी उन्होंने एक नया प्रोग्राम तैयार किया है जिसका नाम है एवरी थिंग विवेक बिंद्रा अभी भी विवेक बिंद्रा ने अपनी खुद की एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है बड़ा बिजनेस और इस एप्लीकेशन के मदद से लोगों को साढ़े सात सौ से पंद्रह सौ रुपये में बिजनेस की ट्रेनिंग देते हैं उन्होंने विशेषकर ये स्टूडेंट्स के लिए बनाया है ताकि भारत के सुनहरे कल को लिखा जा सके उन्होंने बहुत ही कम प्राइस में लोगों को अच्छे से अच्छा वीडियो देने की कोशिश की और इनके एप्लीकेशन पर आज भारत की बड़ी से बड़ी कंपनियों के आकर ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। विवेक बिंद्रा इतना सस्ता कंटेंट की ऐसी सोच है इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फिर मुलाकात होती है एक नए वीडियो के साथ जो मोटिवेशन से भरपूर होगा ऐसे ही इसी तरीके से हम आपके सामने लेकर आएंगे फिर से एक नया वीडियो जो आपको करेगा अंदर से मोटिवेट और आप भी अपने काम के प्रति पूरी तरीके से पूरी श्रद्धा के साथ पूरे मोटिवेशन के साथ आप भी करेंगे अपने काम को पूरा तो देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल स्ट्रांग भारत मजबूत भारत इसी के साथ वीडियो को विराम देता हूँ स्वस्थ रहें मस्त रहें थैंक यू